वो आसमान सुनी को मेरी यादें पूरे हैं तेरे नाम पे मेरी जिंदगी मिखरी मर ग मेरे जीना जिया जी असी न मेरे जीना